ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त को रास्ते में ही कर दिया उसका तोड़ भी ने ही बताया होगा नहीं उसका तोड़ देवताओं के पर कोई नहीं जानता तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया नहीं उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं लक्ष्मण देवताओं का देवता, देवता है ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है अब भरत भी आ गया तो उसे भी